प्रिय दर्शकों नमस्कार वास्तु के एक अनूठे उपाय के साथ मैं ज्योतिर्विद आशीष पांडे लखनऊ से आप सभी दर्शकों के बीच पुनः हाजिर हूँ दर्शकों घर को एक मंदिर की संज्ञा दी जाती है घर को एक प्रकार के मंदिर की संज्ञा दी जाती है और आपके घर के इस मंदिर में यदि सुख शांति नहीं रह पा रही है किसी कारणवश यदि आप मानसिक रूप से बहुत पीड़ित हैं आपका जो है दिनचर्या अस्त रहती हो घर परिवार का वातावरण वातावरण आपके अनुकूल नहीं चलता है तो घर के प्रत्येक सदस्यों को ये कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर करता है तो घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए हम कुछ उपाय बताने जा रहे हैं इन प्रयोगों को आप कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं सबसे पहले दर्शकों प्रातःकाल से हम शुरुआत करते हैं प्रातःकाल जब भी आप उठिए तो घर में कुछ आप धार्मिक भजन भजा बजा सकते हैं कोई आप इंस्ट्रूमेंटल जो है क्या कहते हैं भक्ति सॉन्ग बजा सकते हैं तो कुछ देर के लिए ही सही आप घर में म्यूज़िक जरूर बजाइए भजन ज़रूर बजाइए आप विष्णु सहस नाम बजा सकते हैं तो इनके पार्ट से ये रहेगी जो पॉजिटिव ऊर्जा है जो पॉजिटिव एनर्जी है इनका जो संचार रहेगा ये आपके पूरे घर में जाएगा और आपके अंदर एक नई एनर्जी आएगी एक नया जोश आएगा दूसरा दर्शक को बताना चाहेंगे उठने के बाद होता है कि झाड़ू हाथ में लिया जाता है सफाई की जाती है तो घर में कभी भी झाड़ू को आपको खड़ा नहीं रखना है उसको पैर नहीं लगाना है ना ही उसको लांगना है किसी प्रकार से अन्यथा आपके घर में फिर बरकत जो है नहीं आएगी धन नहीं आएगा ये आप लोग जान जाइए एक बात और बता दें आप लोग नाश्ता करते हैं या खाना खाते हैं तो बिस्तर पर बैठकर कभी भी आप लोगों को खाना नहीं खाना है ऐसा यदि आप करेंगे तो आपको बुरे सपने जरूर प्रभावित करेंगे एक बात और बताना चाहेंगे कि कभी भी पूर्व दिशा की ओर पैर करके आप लोगों को सोना भी नहीं है दूसरा दर्शक को एक बात और बताना चाहेंगे कि घर में यदि जूते चप्पल इधर उधर आप लोग बिखेर करके या उल्टे सीधे करके जो है क्या कहते हैं रखते हैं तो इससे घर में देखिए बहुत अशांति पैदा होती है तो इसको आप लोग एक जो है वार्ड्रोब वगैरह बनवा लीजिए शूज़ जो है शूज़ का उसमें आप लोग रखा करिए पूजा का समय दर्शकों दस ग्यारह बजे बारह बजे मत किया करिए यदि पूजा करनी हो तो कोशिश कीजिए कि सुबह छः से ले करके और साढ़े सात बजे के बीच में आप जरूर कर लिया करिए क्योंकि देखिए सोमवार को जो राहु काल रहता है ये साढ़े सात से नौ के करीब रहता है तो कोशिश किया करिए कि आप लोग पूजा जब किया करिए तो छः से साढ़े सात के पहले ही कर लिया करिए और पूजा जब भी किया करिए तो भूमि पर आसन बिछाकर पूर्व की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख कर करके तब पूजा करनी चाहिए उत्तर दिशा जो होती है कुबेर की होती है तो यदि आप उत्तर दिशा की ओर भी पूजा करते हैं तो धन आकर्षित होगा जब भी आप भोजन बनाए जब भी आप भोजन बनाए पहली रोटी गाय के लिए आप लोग जरूर निकालें ये आप लोग करना स्टार्ट करिए फिर देखिए कितने अच्छे अच्छे आप रिज़ल्ट आपको मिलते हैं दूसरा एक बात बता दें पूजा घर में एक कलश ले लीजिएगा तांबे का सदैव उसमें जल भर करके जरूर रखिएगा हफ्ते में उस जल को आप क्या कर सकते हैं आप उस जल को किसी पौधे के नीचे डाल सकते हैं फिर दोबारा उसमें जल भर करके आप रख सकते हैं एक प्रयोग और बता रहे हैं कि हमने देखा है तमाम घरों में जब पूजा पाठ होती है हम पूजा पाठ के लिए जब जाते हैं तो धूप दीप जब जलती है या आरती होती है पूजा जो है होती है या अग्निकुंड जलता है तो धूप बत्ती को क्या करते हैं लोग मुंह से फूंक के जो है बुताते हैं दीपक होता है उसको मुंह से फूंक के ऐसा मत करिएगा अग्नि जैसे पवित्रता के प्रतीक साधनों के मुंह से फूंक करके आपको बिल्कुल भी नहीं बुझाना इसका ध्यान रखना है मंदिर में यदि आपके धूपबत्ती अगरबत्ती व हवन कुंड है रखा है तो ये सारी सामग्री जो होती है दक्षिण दिशा में रखी रखा करिए जो दक्षिण दिशा होती है ये आपकी अग्नि की दिशा होती है तो जितने भी ये धूप हुए अगरबत्ती हुए हवन कुंड हुए तो इन सबको आपको दक्षिण दिशा की ओर रखनी है घर के मुख्य द्वार पर आपको दोनों तरफ स्वास्तिक बनाना है पाँच और चार नौ अंगुल का कम से कम स्वास्तिक बनाइएगा और घर के बाहर शुभ और लाभ लिखिएगा गणेश जी के दोनों पुत्रों का नाम है घर में कभी भी जाले आप ना लगने दें अन्यथा घर में राहु का असर बहुत ज़्यादा रहेगा कोशिश कीजिए कि पाँच बजे के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं सोना है और रात्रि में सोने से पहले आपको अपने इष्ट देवों का स्मरण जरूर करना है एक बात और बताएंगे कि कुछ लोग होते हैं घर के बीच में क्या करते हैं कि जूठे बर्तन रख लेते हैं जबकि वो ब्रह्म स्थान होता है वो ब्रह्म स्थान होता है तो वहाँ पर आपको जूठे बर्तन बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए इससे आपको बचना चाहिए प्रातः काल जब भी आप उठते हैं तो सबसे पहले दोनों हथेलियों का दर्शन करिए ग्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम तो ये सब जो छोटे छोटे उपाय हैं इनको आप प्रयोग में ला सकते हैं और इन उपायों से यकीन मानिए दर्शकों कि आपको तमाम बरकत मिलेगी कैसा लगा हमारा हमारे प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइएगा जाते जाते आप सभी से प्रार्थना है गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन दबाइए और हाँ यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको ज़रूर लाइक करिए तो दीजिए इजाज़त मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार